यहाँ पर आप सी एस सी लॉगिन टाइप करेंगे यहाँ आपको ढेर सारी वेबसाइट देखने को मिलेगी आप यहाँ सी एस सी लॉगिन डिजिटल सेवा डाट सी एस सी डॉट इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस पर नज़र आएगा आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां सीएससी एस यूज़र आई डालना है और इसमें आपको पासवर्ड अपना डालना है सीएससी पासवर्ड डालें इसमें सीएससी पासवर्ड डालने के बाद इसमें कैप्चा डालेंगे कैप्चा डालने के बाद साइन इन करेंगे साइन इन करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा तो इस तरीके से लॉगिन होगा लॉगन होने के बाद आपको सी के होम पेज पे आ जाएंगे होम पेज पे आने के बाद आपको जेस्ट यहाँ मिलेगा आपको इंश्योरेंस इंश्योरेंस इस इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको यहाँ क्लिक करना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए आपको मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पॉलिसी नंबर डालेंगे अपना पॉलिसी नंबर यहाँ डालें पॉलिसी नंबर डालने के बाद आप यहां अपना मोबाइल नंबर डालें आप कोई भी मोबाइल नंबर इसमें आप डाल सकते हैं यहां बहुत लोगों का कहना होता कि आप जो पॉलिसी नंबर में जो मोबाइल नंबर दे रहते थे वही डालें ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पॉलिसी नंबर पे जो मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर है अगर जो है तो ठीक है नहीं है तो आप कोई भी नंबर इसमें आप लंग डाल लंग सकते हैं टालने के बाद आप यहाँ फेच बिल पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारा डिटेल्स खुल के आ जाएगा उस पॉलिसी जिसके नाम से रजिस्टर है उसका नाम आ जाएगा उसका ड्यू डेट आपको देखने को मिलेगा कितना अमाउंट पे करना है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा लेट फीस होता है अगर जो यहाँ पर होगा तो भी आपको देखने मिल जाएगा लेकिन इसमें तो नहीं है क्योंकि ये पॉलिसी टाइम से भरा जा रहा है और आपको इस पॉलिसी को भरने के लिए आपके सी वॉलेट में उतना बैलेंस होना ज़रूरी है अगर जो आप इसको भरना चाहते हैं तो आपके सी वॉलेट में उतना बैलेंस होना चाहिए इसको तो पेमेंट करने के लिए ट्रांजेक्शन पिन यहां पर डालेंगे छैंग का ट्रांजेक्शन पिन होता है आप यहां पर डालेंगे ट्रांजेक्शन पिन डालते ही आपको यहां पे और जितना अमाउंट भरना है वो अभी आपको शो होने लगेगा जो साइड में एक बटन हाईलाइट है ट्रांजेक्शन पिन डालते ही वो शो हो जाएगा ठीक है आप यहां पर ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे और ये देखिए शो हो गया आप इस पर पे, पे करेंगे पे पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इस तरीके से एल प्रीमियम भरा जाएगा और ये आपका रसीद हो गया आप इसको डाउनलोड पीडीएफ डी एफ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में और इसको सेव कर सकते हैं देखिए ये हमारा सेव हो गया है इसको ओपन करके हम देख रहे हैं देखिए इस तरीके से रसीद जनरेट हो जाएगा आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं <coughs> चलिए हम आपको प्रिंट करने के लिए बताते हैं देखिए आप यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे <coughs> और नीचे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है वहाँ आप प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा इसको आप सेव करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे से पीडीएफ डी आर सेव करेंगे और उसके बाद आप इस पर पे, पे सेव करेंगे और यहाँ अपना जो भी नाम देना है उसको नाम दे देंगे जैसे हम एल लिख देते हैं और सेव कर देते हैं ये हमारे डेस्क टॉप सेव हो गया है तो आप दोस्तों इस तरीके से आप एलआईसी प्रीमियम को देख सकते हैं आप भर सकते हैं रसीद भी निकाल सकते हैं उसस...